Find out the largest नहीं नहीं ये नहीं होगा। क्या हम इसको मिक्स करके सबसे बड़ी बना सकते हैं? इसके हिसाब से इसको इसको? निकाल <laughs> <अप> दिया। नहीं। उठ जा रे खाएगा क्या? इसको। <laughs> अरे ये क्या पेड़ हिला सकते हैं क्या कुछ ऑप्शन नहीं है ये सन सन सन क्या क्या तो तूने को को को सब्सक्राइब किया है है कि नहीं नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं काम का ओ ओ मिला सकते हैं सूरज सूरज लात समथिंग यू कैनोट इट मुर्गी को खा सकते हैं उसके अंडे को खा सकते हैं आइसक्रीम ये सब तो खा सकते हैं मुर्गी को निकाल सकते हैं अच्छा हम सब कुछ फेंक सकते हैं